सबको लगता है गला सबका सूखता है पर से डर से डरोगे तो कुछ बड़ो के से करोगे तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ माउंटेन ड्यू करके आगे जीत है